अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे डिलीट करते हैं इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं तो बिना देरी के वो वीडियो शुरू करते हैं तो ये मेरे पास फ़ोन है और इसमें आपको मैं करके दिखाऊंगा तो फ़ोन ले लीजिए आप अपना और उसमें अपने इंस्टाग्राम ऐप में जाइए चले गए उस पर जाने के बाद में आपको अपनी प्रोफाइल पर जाना पड़ेगा चले जाइए प्रोफाइल में जाने के बाद मैं ऊपर थ्री डोर दिखाई दे रहा होगा चले गए उस पर उसके बाद में सेटिंग में जाइए चले गए सेटिंग में जाने के बाद में ऊपर हेल्प दिखा रहा होगा नीचे उस पर जाइए उस पर जाने के बाद में यहाँ हेल्प सेंटर दिखाई दे रहा है उस पर जाइए हेल्प सेंटर दिखाने के, के बाद में आपको ऊपर थ्री डॉट दिखाई दे रहा होगा उस पर जाइए उसमें यहाँ दिखाई दे रहा होगा मैनेज योर अकाउंट उसमें जाइए चले गए उसमें नीचे यहाँ दिखाई दे रहा होगा डिलेट योर अकाउंट चले गए उस पर जाने के बाद में यहाँ पहले नंबर में टेम्परे डिएक्टिव इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाना है आपको हाँ तो इसमें जाने के बाद में आपको यहाँ चुनना पड़ेगा Instagram एप और आईफोन इसमें करना पड़ेगा इसमें आपका मोबाइल और iPhone दोनों का होगा डिले हो जाएगा उसमें जाने के बाद में आपको डिलेट और Instagram अकाउंट पर जाना है चलेंगे नीचे दिखाई दे रहा होगा ठीक है उस पर जाने के बाद में Android ऐप हेल्प ऊपर दिखाई दे रहा होगा उस पर ओके कीजिए उस पर ओके करने के बाद में यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा मोबाइल ब्राउज़र हेल्प उस पर जाइए उस पे जाने के बाद में आपको यहाँ instagram.com डॉट कॉम फ्रॉम ए मोबाइल ब्राउज़र इस पे जाइए इस पर जाएगा के बाद में डिलेट और अकाउंट ये नीचे दिखाई दे रहा होगा इस पर क्लिक कीजिए चले गए तो ये आ गया इसमें आपको कुछ रीज़न देना पड़ेगा कि आप किस लिए अपना instagram अकाउंट डिलेट करना चाहते हो तो कोई भी रीज़न आप चुन सकते हो तो मैंने ये चुना है और यहाँ आपको अपना पासवर्ड इंटर करने पड़ेगा और उसके बाद में आपका यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा डिलेट यो डिलेट ये मेरी आई है अभी तो आप इस पे ओके करके अपना अकाउंट डिलेट कर सकते हो ये मेरी मैंने आपको बता दिया इसलिए आप चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यदि कुछ सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है लिख सकते हो आप और मेरी instagram आई में भी मैसेज कर पूछ सकते हो आप मैसेज में messenger में तो इसी के साथ धन्यवाद